श्री पर नमः हरि ओं ये स्मरणमात्रे जन्म संसार वंदनाच्य नमस्म विष्णे प्रव विष्णवे नमस्तूताभूता अनेक विष्णुवे प्रव विष्णव वयसंपायन उवाच शुवा धर्मशेषेण पावना चर्वस युधिषिस्तनवन भाव्य भाषत युधिष्ठि उवाच किमेकत लोके किय स्तुवंत कंकमर्चन कम प्राप्नुर्माशुम कोधर्मस्वधर्माणत परमो मत किं जुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंदना भीवाच जगत्द अनंतं पुषोत्तम स्तवन्नाम सहस्रेण पुष्श तथित तमेवर्चाचय निशम ध्यान स्तवन्मस्यजमस्तमें चनाधीनीधन विष्णु सर्वोकामहेशर लोकाध्यक्षव लोका निर्वुखातिगोद्भवे ब्रह्मण्यधर्म लोकाना कीर्तिवर्धन लोकनाथम महदूत सर्वूताोद्भव धर्मा धर्मो मता मत यदि पुंडलीकाक्षवच नृ सदा परमम्यो महतेज परमम्यो महत परम्यो महद्रह्म परम्यपरायण पवित्रम्यो मंगलाना च मंगल दैवत दैवता भूतानाम्यो वय पिता यत सर्वाणी भूतानीग यस्ंच प्रलय यानी पुण्यदेवक्ष जगन्नाथ शूपते विष्णुर्नाम सहस्रम मे शृणु पापयापहाता महात्मन ऋष व्यपरी गीता गा भूत ओं वैश्वैश्कारो वशकारो प्रभु भूतकृदूत भूतात्म भूतभ भूता हुतात्म पुक्ता परमागतिवुष साक्षी क्षेत्र जोक्षर चो योग नेता प्रधान पुषेस्वर नारिंब वपु श्रीमेशोत्तम सर्विवस्थाभूताया शंभव भावो भर्ताभव प्रभुश्वर संबुरादित्य शंभुरादिपुष्कक्षो महासन अनादिनी धनोदाता विदाता धातुत्तम अषिकेश पदनाभुअ अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त स्थितरोधुव आग्राया सूत लोहिताक्ष प्रतन प्रभु तैशी भापित्र मंगल परम ईशान प्राणद प्राणोज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिण्यगर्भगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वर विक्रमे धन्वी मेघावी विक्रम क्रम अमो दुरादर्शकृत सुरेशरण शर्मा विश्वरेता प्रजा भव अह संत्सलो व्यालायर्पदर्शन अजसर्वे सिद्ध सिद्धिशर्वादिच्युत विशाखपीमेगा वसुवसुरम सत्य सामत्माशम अमोघपुंडरी काो विश्वर्मा विशाकृति रुद्र बहुशिरा बभ्र विश्वशुचिस््र अमृत शास्वस्थनुर्वरारोह महातर्वद्वा विश्वक्षेणोजनादन वेद वेद विद्यंगो वेद वेदांगो, वेदांगो वेदा विक लोगाध्यक्षस्राक्षता चतरा आत्म चतुर्भ्यूह चतुर्ध चुत व्रजिष्णु भोजन भुक्त नोबीजो जियता पुनर्वसु उपेन्द्रो वामसुअमोघ सुचिजित अतीन्द्र संग्रह सर्गोधिता निमो येद्यो वैद सदा योगी वीरहा मधु अतीन्द्रो महामत्साह महाबुद्धर्मी महाशक्तिर्म्युति महा महा हनिदेश वपुश्रीमी आत्मा महाद्रद महे स्वासो मही वर्ता श्रीनिवास सदांगद अनिद्धस्वरानंदो गोविंद गोविद मणिचिदनोहसस्वपर्ण भुजगोत्तम हिण्यनाम सपमनाभ प्रजापति अमृतसिधाता सुंधिशर अजो दुर्मस न विश्वात्मा सुरारिह गुतमो धा सत्य सत्यपराक्रम निमश अग्वीवाचस्पतिदार अग्रणीग्रामी श्रीमनेता समीरण सहस्रमोध विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रपा आवर्तनों नृवृत्ता संबृत संप्रवर्धन असंवत्तको वर्णी अनिधरणिधर सुप्रद आत्मा विश्व सत्कर्ता सत्कृतो झनझारायणो नर असंख्ये अमेय आत्मा विशिष्ट शिष्ट कुक्षुदे सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाही विश्व विष्णुश्वकर्मा विसोधर वर्धनो वर्धमश विवेक्त शुद्धिसागर सुभजो दुर्धरो वाग्नी महेंद्रो वसु वसु नईकूप बृहदूप सिशन ओजस्तेजो ज्योतिधर प्रकाश आत्मा प्रतापन विद्यप्रतक्षरों मंत्रु भास्कर ज्युति अमृताशु भाशसुशरम ओषध सेधर्मा परूतभव्या भवन्नाथ पवन पवनू नला काम कामकृका काम कामक्रदप्रभु युगार्तू ने कमाु महासन अदृश्यो व्यक्त सहितरिष्टोभष्टशिष्टे शिखंडी नहुशो वृश क्रोध क्रोध विश्व बाबाधर अच्छुत प्रतिद प्राण प्राण दो वास्वाज अन्धरिष्ठान अप्रम प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदो वरदो वायुवाहन वासुदेवो आदि वासुदेव बृहद्भानुरादिदेव पुनंदर अशोकस्ताणस्ता हनुकूलस्वतावृत्त पद्मी पद्मक्षण पद्मनाभोंक्ष पद्म शरीर महर्दृधर आत्माध्वज अतुसर्वो भीम सामयज्ञ हरिहरी सर्वक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवाम समतिंजय ईश्वर रोहितो मार्गो हेतुदर सह महीधरो महाभागो वेगवाण मितासन उद्भवशोभव परमेश्वर कर्ण करण कर्ता कर्ता गहनो गह व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान प्रदृपुष पुष तुष्ट स्वेक्षण रामो विराम मार्गो ब्रजोल नयने वीरशक्तिमता श्रेष्ठ धर्मोधर्मा विद वैकुंठपुरश प्राण प्रान दो प्राण प्राणद प्रणवपृथु हिण्यशत्रुघ्व्यायुअर्शन काल परिग्रह उग्र संवत्को दक्षो वृश्रमो विस्वक्षिण विस्ताण बीजम्व्यय अर्थोंथों महाकोशो महाभोगो महूदनाधर्मयूपो महामुख नक्षत्रणे नक्षत्रम क्षामहण यज्ञयोपयश्च कतुक्त सदंग सर्वदर्शी विमुक्तात्मा शुभ्रत शूक्ष्म शु शुद्व मनोहर जितक्रोधो वीरवाहुता स्वापन स्व्यात्मक वत्सलौ वत्सलो वत्स रनकोधनेर धर्म धर्मगर्मीक्षर अविज्ञाता सहस्राशुर्धाता कृतक्षिण गैमी सत्ता सिंह भूत महेश्वर आदिदेवो, महादेवो देवे आदिदेव गम्य देंेशोदिग्रतरो तरगुप्त ज्ञानगम्यपुरातन शरीरभूतमृगभक्ता कवीदूरी दक्षिण जित सोमोमृतम विनयोजय सकसा सुधीो विंताक्षी मुकंदोम्रमा अंबो निधरतात्मा दी से महारौभाग्यो जिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंद नो नंद सत्यधर्मात्रिक्रम महर्षि कपिलाचार्यकृत मेध निपतिपाद हिता दक्ष महासिंगता महाबराह गोविंदुषेण कणकांगद गुह्यो गीनो गहन चक्र गजाधर मेघा स्वागोज कृष्णुदुण वृक्ष पुष्क महासुना भगवान्गवा नीनवाली हलायुध आदि ज्योतिरादित्य सहिष्ण ज्योतिषक्तना सुरन्माखंड रज्रामीण्रप्य दिशर्पा वाचस्पति श्याम श्याम दुशाण संयासा तोयन शुभांग शांतेशया गोहिता गोपतिगोत विश्ववाक्ष विष प्रिया अन संक्षेप्त क्षेम कृषि श्री वक्ष वक्ष श्रीवाम श्रीधर श्रीखर श्रीए्रीमक्रैश्रय स्वच्छ स्वंग सदानंदो नज्योतिजने आत्मा आत्मा सत्कृत संसय उदीर्ण सर्वचेतस्थ भूषण भूतिशोक शोकनासन अर्चिस्म अर्चित कुकुंभ आत्माशोदन अनुथ प्रद्युम नौ विक्रम कालमीन वीर शूर सौरी गणेशर त्रिलोकात्म लोकेश केशव केशिया कामदेव के काम पालक कामेकागम अनश्य विष्णुवीरो नोधरंजया ब्रह्मण ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म प्रवर्धन ब्राह्म ब्राह्मणों ब्रह्मी ब्रह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजो महोरग महाकर्तुर्महायज्ज्वा महायज्ञो महावीर स्तभ्यस्त प्रियस्त्र सुतस्ता पूरा पूरा इत्यपूर्णकीर्तीर्णमय करो मनोजवस्तीकर वसुरेता वु प्रदो वासुदेवना सद्गति सदगति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूरसेनो यदिषेषिवासस्वयांगूता वाचो वसुदेव सर्वासुन दृपाहृक्पो दृप्त दृक्ता पराजिता विश्वमूर्तिर्मूर्ति मूर्तिरो मूर्तिमा अनेक मूर्ति सदमूर्ति सदन एकोन नैक्यम युतम लोकबंधुर्लोकनाथो माधव भक्तत्सल सुवर्णवर्ण हेमांगो बरांगनांगद वीरहामस्ू न्योधीश्चल अमाणी मन तो मोलोक स्वामी त्रिलोकृ सुघा मेघजोधन्य सत्य मेघाधराधर तेजोषो ज्योतिद्रह सर्वचृतांगर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रह नैक सिंह महावराह गोवेण कण गांधी गोख्योगवीन गहन गुप्त चतुर्गजाधर चतुर्मूति चतुर्भ्योह चतुर्गदी चतुरात्मा चत्योह चतुर्वेद विवेक पवर्तुनतात्मा दुर्जयोधर विक्रमा दुर्गमो दुर्ग दुर्गो दुरावासोद आर्य शुभांगो लोकसारंगस्तंतंवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृताग इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृताग उद्धवक्ष श्रीगर्भ परमेश्वर कर्ण कारण कर्ता करता गो व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान पढ़द्यक्म पुष पुष्ट तुष्ट सुवेक्षण रामो विराम वजों मगोनयो नयो न मीरा शक्तिमता श्रेष्ठ धर्म धर्म विदुत्तम कुंदर कुंदर कुंद अमृताशु अभि सर्व सर्वतोम सुल सुध चतुर्तापन नोधो दुम अच्छा शोधन सब्ता सब्ता दा है ना सप्तादी सप्तजिप्पा सप्तवाहन मूर्तिर्जृण गोचिंदो भटभनाशन अनुकूल प्रस्थूल हरता शाश्वतस्थान भारवित वंशवर्धन दो योगी योगी सत्सर्वकाम आश्रम श्रम्क्षा सुवर्ण वायुवाहन धरु धरु धरु रेदोदिता अपराजितायो यहाँ सत्यांसात्क सत्य सत्यधर्मापरायण अभिप्रा प्रिय हौली प्रतिवर्धन विहय सत्य ज्योतिषिचन सूर्य सबतालोचना भोक्ता सुखजो नैकजोज अन सद मृषिलोका स्नात्तना कपिल स्वस्ति स्वस्थुक्ति दक्षिणा रौद्रपुंडली श्रीम्योज साधन सप्ताक सप्त्रीक आक्रोड़ों पे सलो दक्षो दक्षिण क्षमतांबर विद्युत पुण्य स्वर्ण की उहरण दुष्कृति पुण्य दुस्वनासन बीधार्क्षण सतो जीवना प्रियपस्थित आंतरशितापुरश्रोगवीरात्माशोदिषा अनादिग्र लक्ष्मी शुचिरो चंग जन्नो जन्म जन्मा बीम पर्रम आधारध्याद्य प्राण प्रमाण प्राणल प्राणजीवन तत्व तत्वत्म जन्मृत्त उत्तस्ता सब यंगो यज्ञवाहन योष आत्मयो ने स्वयं जामसायन देवक नंदना श्रेष्ठ अक्षति सपापनासन शखप्र नीचक्री स्वांधन आगदागर रहांगण दक्षोभ्य सर्वप्रहनादार ओम नमती